हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दू की आप मिनिमम तीस हजार रुपए तक हर महीने अर्न कर सकते हो ये काम आप चाहो तो फुल टाइम या पार्ट टाइम भी आप कर सकते हो दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हो अगर आप पढ़ाई लिखाई अभी करते हो तो आप इस काम को पार्ट टाइम भी कर सकते हैं दोस्तों अगर आप कहीं पे काम करते हैं उसके बाद अगर आप करना चाहें इस काम को तो उसके बाद भी आप इस काम को कर सकते हैं पेटीएम सर्विस एजेंट बन करके और ये काम आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल फोन से करना है ना ही आपको लैपटॉप की जरूरत है ना ही आपको कंप्यूटर की जरूरत है सिर्फ आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए दोस्तों ये काम आप चाहो तो घर बैठे भी कर सकते हो ये कैसे आप बन सकते हो पेटीएम सर्विस एजेंट ये सब वीडियो में आपको मैं अभी बताने वाला हूँ डिटेल में तो बने रहिए वीडियो के अंत तक अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए उमरा डिजिटल को मैं ऐसे ही अपडेट इस चैनल पर डालता रहता हूँ तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को दोस्तों अब यहाँ पे काम की बात कर लेते हैं कि पेटीएम सर्विस एजेंट बन करके आपको क्या काम करना पड़ता है दोस्तों मैं आपको यहां पे बता दूं कि पेटीएम सर्विस एजेंट बन करके आपको यहां पे पेटीएम पे का जो ऑल इन वन क्यूआर कोड होता है वो सेल करना होता है पेटीएम की तरफ से जो नया पेटीएम साउंड बॉक्स आया है उसको आपको सेल करना पड़ता है उसके बाद जो पेटीएम की, पे पे की तरफ से आया है पेटीएम कार्ड मशीन वो सेल करना पड़ता है पेटीएम की तरफ से आजकल फास्टैग भी आ गया है पेटीएम फास्टैग ये सब आपको यहाँ पर सेल करना पड़ता है जैसे कि ऑल इन यहां पे बारकोड ये सब आसपास जितने भी दुकान है, उसमें सभी शॉप में आपको पेटीएम के ऑल इन वन क्यू आर कोड सप्लाई कर सकते हैं आप जिससे वो दुकानदार पेटीएम के या किसी भी यूपीआई ऐप के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं दोस्तों उसके बाद जो काम होता है आप बुक कर सकते हैं मोबाइल पोस्ट पेड यहाँ पे कर सकते हैं यानी कि मोबाइल रिचार्ज आप यहाँ पे कर सकते हो किसी भी कंपनी का केबल टीवी जो यहाँ पे होता है जिसका रिचार्ज करना होता है वो रिचार्ज आप कर सकते हैं ट्रेन का जो टिकट होता है वो टिकट आप यहाँ पे बुक कर सकते हो किसी भी ट्रेन का और लैंडलाइन जो होता है उसका भी काम आप यहाँ पे कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली बिल आप यहाँ पे भर सकते हो इसके माध्यम से और उसके बाद बस टिकट भी जो होता है आने जाने का वो आप यहाँ पे बुक कर सकते हो डी रिचार्ज जो होता है वो आप इससे कर सकते हो अगर आप फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हो तो इसके द्वारा आप फ्लाइट टिकट भी बुक करके इन सब से आप पैसे कमा सकते हो गोल्ड लेन लोन अगर आपको चाहिए तो अगर आप गोल्ड लेन आपको चाहिए या फिर किसी को चाहिए आपके एजेंट ग्राहक को तो आप उसे गोल्ड लोन दिलवा सकते हो अगर किसी के नाम से इंश्योरेंस करवाना है तो वो इंश्योरेंस आप करवा सकते हो दोस्तों और बैंकिंग सर्विसेज भी आप यहां पे दे सकते हो दोस्तों इन सभी पे आपको कमीशन मिलता है अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो आपकी एज एटी प्लस होनी चाहिए अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप पेटीएम सर्विस एजेंट नहीं बन सकते हैं आपके पास एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन होना चाहिए जो कि आजकल सभी के पास है आपके पास कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग स्किल भी होने चाहिए आपको मार्केट का ज्ञान होना चाहिए दोस्तों की कैसे आप जाकर के किसी दुकानदार से डील कर सकते हो कि आपको बारकोड लगाना है या साउंड बॉक्स लगाना है किसी किसी को अगर दुकान पर जाकर के साउंड बॉक्स या पे टी एम ऑल इन वन क्यू कोड लगाना होता है तो आप देखते हो उसके अंदर हैजिटेशन होता है दोस्तों वो दुकान पे जा ही नहीं पाता है तो ये सब आपको कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे आपको डेवलप करने पड़ेंगे जिससे कि आप जाकर के ईजली आप इन ऑल इन वन क्यू कोड पेटीएम साउंड बॉक्स या फास्ट इन सब आप वहाँ पे सेल कर सकते हो दोस्तों आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ही जरूरी है चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो आपको मार्केट का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है अगर मार्केट का नॉलेज आपके पास नहीं है, तो आप कहीं भी एडजस्ट नहीं कर पाओगे इसलिए आता है तो आप सीखिए कैसे कम्युनिकेशन स्किल आप डेवलप कर सकते हो दोस्तों नीचे आप स्क्रोल करोगे तो आपके सामने नीचे बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसके हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको यहां पे क्या क्या काम करना पड़ सकता है आपको शॉप्स पे दुकान पे पे के क्यू कोड सेल करने होंगे तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि पेटीएम सर्विस एजेंट के लिए आप अप्लाई कैसे करते हैं तो दोस्तों यहां पे आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये होम पेज है पेटीएम सर्विस एजेंट का यहाँ पे आपको सिंपली अप्लाई नाव पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप यहां पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का होम पेज खुलकर आ जाएगा इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जहां से सिंपली जाकर के आप इस लिंक तक आ सकते हो इस होम पेज तक आपको यहां पे सिंपली क्या करना है ऊपर में आपको अपना नाम डाल देना है अगर आप मेल हो तो आपके मेल पे क्लिक करना है अगर आप फीमेल हो तो फीमेल पे क्लिक करके अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद नीचे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है दोस्तों नीचे स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे सिटी का ऑप्शन आएगा आप जिस सिटी से उसको सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद पिन कोड आपको यहाँ पे अपना डाल देना है आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी आई मस्ट डालना है दोस्तों आप जैसे यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालोगे आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों जो लास्ट है कॉन्टेक्ट नंबर का है कॉन्टेक्ट नंबर आपको डालना है जो आपका हमेशा चलते हो नंबर वो डालना है उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा जाएगा तो आप अगर टेंथ पास भी हो तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डाल देना है आपकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए डू यू वन टू एंड्रॉयड मोबाइल फोन का यहाँ पे क्वेश्चन है आपको यहाँ पर ई में क्लिक करना है उसके बाद जू जियोर वेबिनार यहां पे वेबिनार के लिए आपको यहां पे सेलेक्ट करना है कि आप किस दिन वेबिनार अटेंड करेंगे यहां पे तीन दिन आपको वेबिनार अटेंड करने के लिए ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें से आपको जिस दिन आपको मतलब सुविधा हो उस दिन आप यहां पे अपना वेबिनार सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद यहां पे आप इस एक और ऑप्शन है हाउ डू डू हट अबाउट दिस आपको कहाँ से इसका इंफॉर्मेशन मिला है तो इसके लिए आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सोशल मीडिया आप सिलेक्ट कर लोगे सोशल मीडिया सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है दोस्तों इस पे सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का होम पेज आ जाएगा थैंक यू का और इस पे सबमिट अनदर रिस्पांस अगर और सबमिट करना है किसी का तो यहाँ पे सबमिट अन अदर पे आप क्लिक करोगे ऐसा करने के बाद आपका जो है फॉर्म ये फिलअप हो जाएगा और पेटीएम की तरफ से आपको थैंक यू का ये फॉर्म सबमिटेड का ऑप्शन आ जाएगा और उसके बाद आपका यह फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा उसके बाद पेटीएम की तरफ से आपको कांटेक्ट किया जाएगा और उसके बाद आपको पेटीएम की तरफ से किट यहाँ पे आपको मिल जाएगा तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ